इसके की की गलियों गलियों में में सब सब कोई कोई जाता है, कि इसके की में सब को जाता है, कि जो मेहनत के भरोसे जाते हैं वो अपने महबूब के साथ घर आते हैं और जो खाली पैर जाने का शौक रखते हैं वो रोते हुए अपने घर आते हैं तो पल रुका।